दोस्तों ऐसा मामला आपके साथ भी हो सकता है सौ रूपए के लिए कभी एक लड़की को इतना गिरते हुए नहीं देखा होगा। सारा मामला ये है कि जब एक लड़की यहाँ से गुजर रही थी तो पास में पौधों को पानी दे रहे अंकल से कुछ पानी के छिटे इस लड़के के कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं। लड़की अंकल से सौ रुपए मांगने लगती है लेकिन फिर इस लड़की के बखड़ा खड़ा करने के बाद में पास ऐसी ही गुजर रहे ब्लैक जैकेट वाले लड़के ने इस लड़की को समझाने की कोशिश की लेकिन लड़की समझी नहीं अंकल ने इस लड़की ऐसी माफी मांगी इस लड़की के पेड़ भी पढ़ लिये लेकिन लड़की समझने और अंकल के ऊपर हाथ उड़ाने लगे हैं फिर ये बात इस लड़के को सहन नहीं होती है और ये लड़का इस लड़के को तमाचा मार देता है आपको क्या लगता है इस लड़के ने यहाँ सही डिसीजन लिया कमेंट जरूर करें। और ध्यान रखें ऐसा आपके साथ भी हो सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग